हमेशा आपके साथ ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही होगा रोमांटिका जिसको देख कर या तो आपको आज ही लव हो जाएगा या तो बचपन का प्यार वापस याद आ जाएगा या तो आपको एक्स के अपनी गाड़ मारने के बन करेगा तो चलो आप लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं लेकिन तो पहली मूवी है ओ कादल कन मनी जो भी इसके लिए तमिल रॉम को मूवी है जो लिए हमें एक मॉडर्न रिलेशनशिप दूसरी मूवी है और तो कुंभलंगी नाइस जो भी इसका मलयालम फिल्म है जिसमे हमें दो लोगों की रोमांटिक स्टोरी दिखाई जाती है और किसी बीच में प्रॉब्लम आने की वजह से लोग उनकी का साथ नहीं देते है और इसी हमें बहुत सारी जो बसर मेंसर देखने को मिलती है वो काइंड बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है और भाई इस मूवी में मेरे को बहुत फासल के कैरेक्टर ही ज्यादा एक है ये ऐसी नेक्स्ट मूवी है सायराब जो भी इसके लिए मराठी मूवी है जो हमें जो क्रूअल सोसाइटीज मूवी में देखने को मिलती है कि कैसे दो लोग एक दूसरे को लव करते हैं लेकिन अपर और लोअर कास्ट के चलते मतलब लोग उनका साथ देते नहीं है तो भाई ये जो चीज़ दिखाई है ना भाई मूवी में भाई बहुत ज्यादा अच्छा भाई मैं इसके लिए नागराज मंजुले के डायरेक्टर हैं उनको भाई तो करना चाहूंगा भाई। बहुत ही अच्छा और सायरा तो वर्ल्ड वाइडिकली एक्मड मूवी है बनता है भाई तो, तो नेक्स्ट मूवी है प्रेम जो मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा तो मूवी की स्टोरी कुछ यही है यह कि हमें जॉर्ज नाम के एक आदमी की लव स्टोरी दिखाई जाती है स्कूल कॉलेज और एडल्ट लाइफ की मूवी फुल्ली परफेक्ट मूवी से कम नहीं है भाई हर एक चीज बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है मूवी में वो कोई भी सेक्टर और रोमांटिक सेक्टर और कॉमेडी सेक्टर हो इमोशन सीन्स के सेक्टर हो भाई सारे के सारे बहुत ही अच्छे और रिलेटेबल लगते यार। मतलब है यार ऊपर से वही मतलब कहते हैं यार जो क्लाइमेक्स था शो sure. कचा यार मजा आ गया यार तो भाई, भाई मेरे हम हाईली हाईली, हाईली रिकमेंडेड रिकमेंडेड हाई नेक्स्ट जो आपको मतलब एकदम मतलब चाहता है है तो है एक दिल के है यार बहुत, है एक तो दिल के। बहुत हमें दो लव बर्ड्स की कहानी देखने को मिलती है जो कुछ रीजन के वजह से मतलब अलग हो जाते हैं वापस नहीं मिल पाते लेकिन स्कूल रियूनियन की वजह से वापस मिलते हैं और फिर क्या आगे होता है वही मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है और, से आपको पसंद आने लगती है और भाई इस मूवी का भाई रोना आ गया यार बहुत ज्यादा रोना है अब मजा आया यार इसका क्लाइमैक्स देखे बहन ऐसा लगता है भाई दिल को चीर दिया है यार भाई बहुत गजब था यार इसका तो चलो आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको पसंद आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है तो काम कर दो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तब तक के लिए डाल